सिंगरौली में अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा निकाला इसमें लगभग 500 कर्मचारी शामिल थे कर्मचारियों ने तेईस सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा सिंगरौली के सभी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने तेईस सूत्रीय मांग पत्र को लेकर संयुक्त मोर्चा निकाला जिसमें लगभग पांच कर्मचारियों ने तहसीलदार डीपी सिंह को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी कर्मचारियों का कहना है कि राज्य शासन को वर्षों से ज्ञापन सौंपा जा रहा है लेकिन कर्मचारियों की मांग नहीं मानी जा रही इसलिए मध्य प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर संयुक्त मोर्चा निकाला जा रहा है जिसके माध्यम से शासन के कार्यों का बहिष्कार कर अपनी जायज मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का